ऑब्जेक्ट्स बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे रेफरेंस वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी निर्धारित करना यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं ओबन 11.10, लेवन 1.6 और एक्लिप्स आई 3.7.0। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक्लिप्स का उपयोग करके सामान्य क्लास कैसे बनाएं। यदि नहीं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल पर इन विषयों पर उपलब्ध स्पोकन ट्यूटोरियल देखें। हम जानते हैं कि वेरिएबल्स और मेथड्स एक साथ मिलकर क्लास के मेंबर्स बनाते हैं क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है अब देखते हैं की ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है प्रत्येक ऑब्जेक्ट में स्टेट और बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग क्लास के उदाहरण को याद करें जिसकी हमने पिछले ट्यूटोरियल में चर्चा की है ऑब्जेक्ट इसके स्टेट को फील्ड्स या वेरिएबल्स में संचित करता है यह मेथड्स के माध्यम से इसके व्यवहार को दर्शाता है अब रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में सीखते हैं हम जावा में एट प्रिमेटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं प्रिमेटिव के अलावा अन्य सभी टाइप्स ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफर होते हैं वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफर होते हैं वे रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट क्लास पर वापस जाएं, जिसे हमने पहले ट्यूटोरियल में बनाया है अब इस क्लास से मेन मेथड को हटाए अब कंट्रोल और की इसको एक साथ दबाकर फाइल को सेव करें। अब उसी प्रोजेक्ट में टेस्ट नामक एक और क्लास बनाए मैंने यह पहले ही बना दिया है, इस क्लास में, मेरे पास में में है। अब मेन मेथड के अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसके लिए मेन मेथड में टाइप करें स्टूडेंट स्पेस स्टूड equal to new न्यू स्पेस स्टूडेंट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट इस प्रकार हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहां स्टूडेंट क्लास का नाम है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूड एक रेफरेंस वेरिएबल है जो स्टूडेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का जिक्र करता है और न्यू कीवर्ड नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्थान बनाता है कृपया ध्यान दें वन स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है यह केवल बनाए गए नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है अब देखते हैं कि वन क्या सम्मिलित करता है अतः अगली लाइन में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट्स और डबल कोड्स में स्टूडवन कंटेंस स्पेस प्लस स्टूडवन और फिर सेमिकोलन अब फाइल टेस्ट स्टूडेंट डॉट जावा को सेव और रन करें हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है अतः यहाँ स्टूडेंट बनाए गए नए ऑब्जेक्ट के क्लास का नाम है दूसरा भाग बनाए गए नए ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस है हम स्टूड वन का उपयोग करके स्टूडेंट क्लास के फील्ड और मेथर्ड को एक्सेस कर सकते हैं हम इनके बारे में अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे अब मैं स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं टाइप करूंगा स्टूडेंट स्पेस स्टूड टू इक्वल टू न्यू स्पेस स्टूडेंट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट सेमिकोलन अब अगली लाइन टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रिंट एल एन ब्रैकेट्स और डबल कोड्स में स्टूड टू कंटेंट्स स्पेस प्लस स्टूर टू और फिर सेमी कोलन अब इस फाइल को सेव और रन करें हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टूड वन और स्टूड टू दो अलग ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं अर्थात स्टूड वन और स्टूड टू दो अलग स्टूडेंट का जिक्र कर रहे हैं उनके भिन्न रोल नंबर और नाम हैं। अब हम यहाँ बदलाव कर सकते हैं यहाँ टाइप करें स्टूडेंट स्टूड टू Equal to स्टूड वन अब इस फाइल को सेव और रन करें हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टूड वन और स्टूड टू दोनों समान ऑब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं इसका अर्थ है कि स्टूड वन और स्टूड टू दोनों रोल नंबर और नाम के साथ समान स्टूडेंट का जिक्र कर रहे हैं अतः इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा रेफरेंस वेरिएबल्स, नए ऑपरेटर का उपयोग करके ऑब्जेक्ट बनाना और रेफरेंसेस निर्धारित करना स्वमूल्यांकन के लिए टेस्ट एम्प्लॉय नामक अन्य क्लास बनाएं। ई वन रेफरेंस वेरिएबल के साथ एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांचित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविट नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन टूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टेक्ट एट द रेट स्पोकन एफ एन डॉट ओ आर जी स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक आरोप उपलब्ध है स्पोकन आईफोन ट्यूटोरियल डॉट ओ अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं ये शुराब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद